नजर से नजरे को मिला लीजिए नजर से नजरे को मिला लीजिए गले से कन्हैया गले से कन्हैया लगा लीजिए नजर से नजर लीजिए चलो साथ मन के मेरे हम सफर चलो साथ बन के मेरे हम सफर बने जब जमाने के तुम रहे गुजरे बने जब जमाने के तुम रहे गुजरे इबादत का कुछ तो इबादत का कुछ तो सिला दीजिए नजर से नजर लीजिए क्या बातों मेरा है यही छोड़िए क्या बातों मेरा खा है यही छोड़िए सभी सामरे कसम तोड़िए सभी सामरे अबे कसम तोड़िए मुलाकात का, का मुलाकात का सिला दीजिए नजर से नजर को मिला लीजिए से नजर को मिला लीजिए बहुतों ने हम पे किया रह गुमा बहुतों ने हमें पे किया रह गुमा अपने रह मत से न करना मना हमें अपनी रहमत से न करना मना रहमत नजर का रहमत नजर का दिला दीजिए नजर से नजर लीजिए गले से कन्हैया गले से कन्हैया लगा लीजिए नजर से नजर को मिला लीजिए नजर से नजर को मिला लीजिए नजर से नजर को मिला ली